मैं हूँ रॉक्सी और मैं आ गई हूँ नया वीडियो और नई स्टोरी लेकर क्या आपको पता है कि अगर के फैंस की खुद की खुद एक कंट्री होती तो वो दुनिया में कौन से नंबर पर रैंक करती और क्या आपको पता है कि बी टी एस की आर्मी के मामले में उनकी इंडिया आर्मी कहाँ स्टैंड करती है आर्मी में गर्ल्स हैव अ है Any aspect of being an army. बताऊंगी लेकिन सबसे पहले आज की वो स्टोरी विच आई वॉन्ट टू रिवील इन फ्रंट ऑफ यू सुनी so anyway, जब तक मैं आपको आज की स्टोरी रिवील करती हूँ तब तक आप चाहे तो इन सवालों पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं कमेंट बॉक्स सो लेट्स गेट बैक टू आर टूडे स्टोरी तो आज की कहानी को आप बी टी एस का triple धमाका भी कह सकते हैं क्योंकि इस स्टोरी में आई विल टेल यू बिहाइंडरस बीटीएस जो हमारा अपना सबका पॉपुलर बैंड है और दूसरा बिहाइंड स्टोरी बिहाइंड बिहाइंड ये कहानी शुरू होती है year 2013 में Before that, Korean music was mostly was mostly unheard and not much popular in other countries. But then came Gangnam Gangnam -no तो Gangnam Style. Style Style YouTube search you'll come to know that half of the world's population has already watched this video. 2013 डे हमारे अपने पीटीएस का है. जी हाँ टू थाउजेंड थर्टीन वॉज दर जब BTS ने अपना debut किया But Interestingly, BTS का इससे पहले पन चुका था उन्होंने Twitter पर अपना account बनाया था 2011 में में 2012 इसी दौरान BTS को में followers और लगे। तो ये वो टाइम था जब ज्यादातर कोरियन आर्टिस्ट को सोशल मीडिया की पावर अभी समझ नहीं आई थी, थी सोशल मीडिया इज द की लेकिन दूसरी बड़ी बात ये थी की पीटीएस को लॉन्च करने वाली कंपनी के पास एक्चुअली इतने रिसोर्सेस भी नहीं थे की वो टीवी शोज या फिर न्यूज चैनल के थ्रू बीटीएस को प्रमोट करा पाती दे टूक द रूट ऑफ सोशल मीडिया इसके अलावा सोशल मीडिया पर पीटीएस के मेंबर्स की अप्रोच ज्यादा इन्फॉर्मल थी और उन्होंने इस दौरान कुछ ऐसा किया कि दुनिया भर में उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ने लगी तो आखिर गर्ल्स क्यों अट्रैक्ट होने लगी पीटीएस से इसके बारे में आई टेल यून दाइल दैट अगर आपने अभी तक यानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से से सब्सक्राइब करें बेल आइकन का का ताकि आपको BTS पर हमारे नए वीडियो सब्सक्रिप्शन जल्द जल्द जल्दी सो बीटीएस को एक बात तो समझ आ गई थी कि आप सोशल मीडिया पर कुछ भी दिखाओ बट यू कांट शो टेंटर इसलिए बीटीएस ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट को कलेक्टिव रखा जबकि दूसरे केपॉप आर्टिस्ट इसका ठीक उल्टा कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स जनरेशन नाम का एक केपॉप बैंड है जिसके ट्विटर हैंडल पर आपको प्रमोशनल कैंपेन तो कलेक्टिव दिखाई देंगे शेयर करनी होती है तो दे यूज देर इंडिविजुअल ट्विटर हैंडल्स लेकिन बीटीएस ने ऐसा नहीं किया बीटीएस ने कलेक्टिव तरीके ऐसी अपनी डेली रूटीन अपने फैशन के बारे में और अपनी पर्सनल स्टोरीज इस कलेक्टिव ट्विटर हैंडल पर डालनी शुरू कर दी और उनके फैंस को उनकी लाइफ में झांकने का एक गोल्डन चांस मिल गया और फिर इसके बाद दूसरे स्टार्स भी ये ट्रेंड फॉलो करने लगे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने बोनस कंटेंट को डालने लगे तो इसके बाद बीटीएस की जर्नी आरोप यूट्यूब पर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री आई और बीटीएस ने पूरी दुनिया में अलग अलग शोज पर देने भी शामिल हुए और वहाँ पर उन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस भी थी और इस साल इफ यू रिमेम्बर तब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपने पॉपुलर सॉन्ग परमिशन टू डांस पर एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस भी थी और यूनाइटेड नेशन जनरल में ही उन्होंने एक स्पीच भी थी और ऐसा करने वाले वो पहले आर्टिस्ट बन गए तो बीटीएस के इस कॉन्फिडेंस और उनकी सक्सेस के पीछे है उनकी एक आर्मी और अगर मैं आर्मी के नंबर्स की बात करूं तो 2020 थाउजेंड ट्वेंटी में बीटीएस की आर्मी ने ही एक सेंसस कराया था जिसमे ये पता चला की पूरे वर्ल्ड में बीटीएस के आर्मी में संख्या है फाइव करोड़ प्लस और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो बीटीएस की आर्मी का का अगर अपना खुद का एक देश होता ग्लोबल तो आर्मी, आर्मी में सिर्फ फोर परसेंट के आस पास है बट इंटरेस्टिंगली बीटीएस की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग बनती है गर्ल पावर की वजह से क्योंकि बीटीएस की आर्मी में अराउंड एट्टी Girls है जिनमें से एक मैं भी हूँ बट बॉयज का शेयर है सिर्फ 11% तो ये थी पीटीएस की वो खास बातें जो शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी और बीटीएस की आर्मी ही है BTS की का असली विकास तो अगर आपको बीटीएस पर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूले शेयर करना ना भूले और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो के साथ टाटा और बाय बाय